जिसने खड़ा किया है मुझे मेरे पैरों पर मैं उसके सर पर ताज खजाऊंगा जिसने खड़ा किया है मुझे मेरे पैरों पर मैं उसके सर पर ताज खजाऊंगा और मुझे कसम है मेरी इंसानियत की मैं एक दिन अपने बाप को राज